और अब बात मीडिया जगत की मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चर्चित पत्रकार कीर्ति राणा इन दिनों सांध दैनिक हिंदुस्तान मेल को संवारने में लगे हुए हैं बहुत ही नपे अंदाज में साफगोई से पत्रकारिता करने वाले राणा कहने को इस अखबार के समूह संपादक हैं लेकिन वे अपने आप में किसी संस्थान से कम नहीं हैं कीर्ति राणा छोटे कद के बड़े व्यक्तित्व वाले पत्रकार हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी महेंद्र दुबे ने हिंदुस्तान मेल को शुरू किया लेकिन इसकी चर्चा कीर्ति राणा के कारण ही शुरू हुई हिंदुस्तान मेल इंदौर भोपाल और रायपुर से प्रकाशित होता है 65 साल के कीर्ति राणा ने 1978 में मुंबई से पत्रकारिता की शुरुआत की उस जमाने में आप करंट में हुआ करते थे उसके बाद उन्नीस में राणा दैनिक भास्कर ग्रुप से जुड़े और वहाँ एक लंबी पारी खेली राणा भास्कर में दो तक जमे रहे राणा के संपादक रहते दबंग दुनिया अखबार भी खूब चर्चाओं में आया लेकिन राणा की विदाई के साथ दबंग दुनिया अस्ताचल में चला गया हाल ही में उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण पर हिंदुस्तान मेल को राणा ने जिस अंदाज में संजोया उसकी चर्चा हर तरफ हुई जिसने भी हिंदुस्तान मेल को देखा उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका जिस तरह महेंद्र दुबे और कीर्ति राणा हिंदुस्तान मेल को लेकर प्रयास कर रहे हैं यकीन मानिएगा इस अखबार को लोकप्रिय होने से कोई नहीं रोक सकता